यामिनी को और पूछती उससे पहले ही कछुआ अभिमन्यु से पूछ पड़ता है अभिमन्यु तुझे कैसे पता कि अघोरी का सिर जलाने से वो मर जाएगा अभिमन्यु कछुआ के सवाल का घुमाते हुए जवाब देते हुए कहता है अघोरी को क्या मारना कछुआ वो तो पहले से ही मरा हुआ था कछुआ अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अभिमन्यु तू अच्छे से जानता है मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ अभिमन्यु को जवाब देता उससे पहले युग भी अभिमन्यू से बोल पड़ता है हाँ अभिमन्यु कछुआ सही कह रहा है ये उसके सवाल का जवाब नहीं है हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर तुझे कैसे पता चला कि अघोरी का सिर जलाने से वो मर जाएगा अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है युग तुझे याद है जब हम लोग अघोरी के ठिकाने से वापस लौटकर ग्रेवयार्ड कोठी में आए थे तो उस रात ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर हमें अघोरी मूर्ति बना हुआ मिला था युग अभिमन्यु की बात में हामी भरते हुए कहता है हाँ मुझे याद है उस अघोरी को उस काले ने मार दिया था और हमें लग रहा था कि उसे यक्षारा है तब तक हमें काले साये के बारे में पता नहीं था। अभिमन्यु अपनी बात हामी तो भरते हुए कहता है हाँ याद है मुझे भी मैं तो उस रात को कभी नहीं भूल सकता अभिमन्यु आगे कहता है बस मुझे यही बात याद आ गई थी उसका सिर उस वक्त जला नहीं था अगर हम उसे जला देंगे तो अघोरी पूरी तरह मर जाएगा युग कुछ सोचते हुए कहता है पर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि अघोरी का पूरा शरीर जल गया था और सिर्फ सिर बच गया था आखिर वो काला साया उस अघोरी का सिर क्यों नहीं जला पाया था आज तो उस अघोरी का सिर बड़ी आसानी से जल गया अभिमन्यु खामोश खड़ा रहता है और कुछ नहीं कहता यामिनी परेशान होते हुए कहती है ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही की आखिर उस वक्त अघोरी का सिर क्यों नहीं चला था ऐसा क्या था उसके शरीर में जो बात को पलटते हुए कहती है अघोरी का सिर उस वक्त क्यों नहीं चला ये सब छोड़ो और जरा ये सोचो कि ये अघोरी तो मर गया था फिर इसे वापस से जिंदा किसने किया जैसे डायना ये बात बोलती है अभिमन्यू डायना की तरफ देखने लग जाता है जैसे डायना ने ये सवाल जानबूझकर बुझ छेड़ा हो बात को पलटने के लिए यामिनी चिड़ते हुए कहती है इस अघोरी को और कौन जिंदा करेगा जाहिर सी बात है उस काले साय ने किया होगा कछुआ तुरंत बोल पड़ता है पर उस काले साय ने अघोरी को कब जिंदा कर दिया और क्यूँ तारा फर्श पर फैली हुई अघोरी की राख को एकटक नजर से देखी रही थी कि तभी उसके मन में न जाने क्या आता है वो धीरे धीरे उस राख के पास अपने कदम बढ़ाने लग जाती है तारा फर्श पर फैली अघोरी की राख के पास जाती है और उसकी राख को मुट्ठी भर अपने हाथ में उठाने लग जाती है जैसे ही तारा अघोरी की राख को अपनी मुठ्ठी में लेती है तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है वो अगल बगल अपना सिर हिलाने लग जाती है वर्चस्विनी घबराते हुए तारा से पूछती है ये तुम्हे क्या हो रहा तारा बेटी क्या हो रहा है यामिनी तारा को देखते हुए कहती है, जैसे ही तारा अपनी आँखें खोलती है तारा हड़बड़ाहट हड़ के साथ बोल पड़ती है यामिनी दीदी सही कह रही है उस अघोरी को उस काले साय ने ही जिंदा किया था कछुआ हैरानी के साथ तारा से पूछता है क्या कहा तुमने तारा बेटी उस काले साय ने अघोरी को जिंदा किया था पर कब तारा कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहती है उसी रात को कछुआ भैया जिस रात को उस काले साय ने बाकी सब मरे हुए लोगों को भी कब्रों में से निकालकर जिंदा किया था अभिमन्यु तारा की बात पर गौर फरमाते हुए कहता है यानी उसी रात जिस रात से काली बारिश शुरू हुई है तारा हामी भरते हुए कहती है हाँ अभिमन्यु भैया इतना कहकर तारा अतीत की यादों में खो जाती है उसकी आँखों के सामने वो सारा मंजर चलने लग जाता है जब काला साया अघोरी को जिंदा करने वाला था रात का वक्त था काली बारिश शुरू हो चुकी थी काला साया अनुराग के शरीर के अंदर घुसा हुआ था और वो ग्रेवयार्ड कोठी के सबसे ऊपर वाली इमारत के सिर के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था उसे वहाँ से आसपास का सारा इलाका नजर आ रहा था अनुराग वहाँ पर बैठकर कर मंत्र बड़बड़ाया जा रहा था और एक एक करके कब्र खुदती जा रही थी और उसमे से मरे हुए लोग जिंदा होते जा रहे थे कमली मोनिका चैटर्जी के चार साथी जिनके कालेसाई ने ग्रेव्यार्ड कोठी के अंदर बलि चढ़ा दी थी वो भी जिंदा हो चुके थे एक एक करके कब्र खुदने के साथ ही उसमें से मरे हुए लोग निकल ही रहे थे वो कब्र पूरी खाली थी उस कब्र को देख अनुराग मंत्र पढ़ना बंद कर देता है अनुराग उसी वक्त हवा के झोंके की तरह ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर से नीचे आ जाता है उस कब्र के पास काली बारिश अभी भी हो रही थी पर यह हैरान करने वाली बात थी कि अनुराग उस काली बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीग रहा था काली बारिश की बूंद उसके शरीर पर गिर तो रही थी पर उसे गीला नहीं कर रही थी अनुराग उस कब्र के पास जाता है किसी की भी लाश नहीं थी ना ही कोई कंकाल मौजूद था अनुराग उस कब्र को एकटक देखते हुए डरावनी भारी आवाज में खुद से बड़बड़ाता है अनुराग उस कब्र को देखते हुए कुछ सोचता है अगर कब्र है तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर होगा ये कब्र ऐसे ही नहीं खुद सकती है अनुराग एकटक नजर से उस कब्र को देख ही रहा था कि तभी उसे उस कब्र के अंदर कुछ नजर आता है उसकी आंख की पीली पुतली चमकने लग जाती है अनुराग नीचे झुकता है और एक मुठ्ठी मिट्टी अपने हाथ में भीच लेता है अनुराग अपनी आँखें बंद करता है उसे कुछ महसूस होता है और अगले ही पल वो अपनी आँखें खोल मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा तो ये उसकी कब्र है इसकी तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है यही तो बनेगा मेरी काली सेना का सेनापति इतना कहकर अनुराग फिर मंत्र पढ़ने लग जाता है और देखते ही देखते अनुराग के हाथ की मिट्टी सूखने लग जाती है उस मिट्टी के अंदर कुछ राग भी थी अगले ही पल अनुराग के हाथ की मिट्टी में से राख अलग हो जाती है और मिट्टी अलग हो जाती है अनुराग मिट्टी को अपने हाथ पर से फेंक देता है और बाकी बची राख को फिर से अपनी मिट्टी में भींच लेता है इतना कहकर अनुराग मंत्र पढ़ते हुए कहता है ओम हेम हेम वम वम वम एम एम मृत संजीवनी विघे मृत क्रीम हीम स्वाहा इतना कहकर अनुराग अपने हाथ की राख वापस कब्र के अंदर गिराने लग जाता है अनुराग ने मुट्ठी भींचकर रखी हुई थी वो धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलने लग जाता है धीरे धीरे राख कब्र के अंदर गिरने लग जाती है जैसे जैसे राग कब्र के अंदर गिरते जा रही थी उस राख के अंदर मूवमेंट होते जा रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राग की कोई मूर्ति बन रही हो पहले किसी आदमी के पैर दो पंजे बनते हैं फिर घुटना फिर झांग फिर पेट सीना और उसके बाद धड़ देखते ही देखते कब्र के अंदर राग से बना हुआ एक आदमी का धड़ खड़ा हो जाता है बस उसके धड़ पर उसका सिर नहीं लगा हुआ था अनुराग उस राग से बने धड़ को देखते हुए कहता है ये तैयार है अब बस सिर की जरूरत है इतना कहकर अनुराग फिर अपनी आखे बंद करता है अपने दोनों हाथ आगे फैलाता है और फिर से कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है उसके मंत्र पढ़ने की आवाज आसमान में गूंजने लग जाती है बादल और जोर से गरजने लग जाते हैं काली बारिश तेज हो जाती है पर अनुराग वहीं पर खड़ा रहता है मंत्र पढ़ते रहता है इस तरफ महदीपार शहर के फोरेंसिक लैब में अघोरी का सिर रखा हुआ था लैब के अंदर इस वक्त कोई नहीं था अंधेरा छाया हुआ था देखते ही देखते अघोरी के सिर के अंदर मूवमेंट होने लग जाता है वो हिलने लग जाता है अघोरी का सिर अपने आप तल से कुछ ऊपर उठता है और हवा में उड़ते हुए खिड़की का कांच तोड़कर वहां से बाहर जाने लग जाता है इस तरफ अनुराग अपने दोनों हाथ आगे फैलाकर मंत्र बड़बड़ाते रहता है और देखते ही देखते वहां पर अघोरी का सिर हवा में उड़ते हुए आने लग जाता है और अनुराग के दोनों हाथों के बीच आ जाता है अनुराग अघोरी के सिर को देख मुस्कुराने लग जाता है अनुराग को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अघोरी के सिर का ही वहाँ पर आने का इंतजार कर रहा था अनुराग आहिस्ते से अघोरी के सिर को उसके धड़ के ऊपर लगा देता है अनुराग अघोरी के मूर्ति बने पूरे शरीर को देखते हुए पय, क्रीम हीम स्वाहा जैसे ही इस बार अनुराग का मंत्र पढ़कर खत्म होता है उसके सामने खड़े अघोरी के शरीर में जान आने लग जाती है अघोरी का शरीर जिंदा होने लग जाता है अघोरी धीरे से अपनी आंखें खोल लेता है जब अघोरी अपनी आंखें खोलता है तो वो समझ जाता है कि उसे जिसने जिंदा किया था वो कोई और नहीं था बल्कि अनुराग था और अनुराग के अंदर कोई शैतानी शक्ति थी जिसे वो अच्छी तरह पहचानता था कि वो कौन था अघोरी अनुराग के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है मुझे एक नया जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया काल स्वामी. मैं आपका शुक्र रहूंगा मुझे मारने वाले भी आप ही थे और मुझे नया जीवन देने वाले भी आप ही है आप धन्य है कालस्वामी धन्य है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी आपको साक्षात देख पाऊंगा आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है काल स्वामी धन्य कर दिया। अनुराग खामोशी के साथोरी अनुराग के सामने अपना सिर हुए कहता है। काल स्वामी आपने मुझे क्यों याद किया मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ अनुराग डरावनी आवाज में अघोरी से कहता है तारा मुझे तारा चाहिए अघोरी हैरानी के साथ कहता है तारा कौन तारा काल स्वामी अनुराग की आंखें देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अघोरी को तारा के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था अनुराग अघोरी से गुस्से के साथ कहता है स्वामी भी कहता है कुत्ते और स्वामी से सवाल भी करता है अघोरी तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर अनुराग से माफी मांगते हुए कहता है माफ कर दीजिए काल स्वामी मुझे मुझसे गलती हो गई ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं होगी मुझसे अनुराग अघोरी को घूरते हुए कहता है अगर दोबारा गलती हुई तो तू माफी मांगने के लायक नहीं रहेगा अघोरी शर्म के साथ इस वक्त हवेली के अंदर है अघोरी तुरंत पूछता है कौन सी हवेली काल स्वामी अनुराग छिड़ते हुए जवाब देता है वही हवेली जो तू ने बनाई थी अपनी काली शक्तियों से मैंने उस हवेली में घुसने की बहुत कोशिश की फिर भी मैं उस हवेली में घुस नहीं पा रहा हूँ आखिर तेरी उस हवेली में ऐसा है क्या जो मैं उस हवेली के अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ अनुराग की अघोरी उसके हाथ के उन पांचों निशान की तरफ देखने लग जाता है जो उसकी कलाई पर बनी हुई थी जो इस वक्त पीले रंग में चमक रहे थे अनुराग गुस्से के साथ फिर अघोरी ऐसी पूछता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे मुझे जवाब दे ऐसा क्या है तेरी उस हवेली में की मैं उसके अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अक्षनी के एपिसोड मिलते रहें तो धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब